किलो सौ रुपए किलो सौ रूपए किलो सौ रुपए किलो सौ रुपए किलो सौ रुपए किलो नींबू सौ रुपए किलो सौ रुपए किलो खुदा देना सौ रूपए किलो वो मेरे यार सोने नींबू है उसका मेरे यार सोन नीबुआ सोने इलाज के यहाँ तो मेरा खराब ही चल नींबू के नौ बेजारत